ये करता है करता करता है है किसी काम को काम को को 10 दिन दिन में, में, उसी 12 तो उनका आएगा 60. एक, एक दिन का काम होगा एक काम होगा 60 साठ वह एक दिन का काम होगा साठ वारह आएगा काम कितना है, है। का काम इसका 6, 5. तो कितने दिन में समय काम टोटल टाइम कंप्लीट आठ सही हो जाता है पांच, आठ सही